और फेलियर इन दोनों में एक चीज कॉमन होती है ध्यान से इस बात को समझना और उसको हम लोग बोलते हैं ट्वेंटी फोर आवर्स ये चौबीस घंटे इन दोनों के पास होते हैं वो जो एग्जाम में टॉप करता है वो जो सेलेक्ट होता है और वो जो एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाता है या अपनी मंजिल से बहुत दूर रह जाता है इन दोनों के बीच में जो सबसे कॉमन चीज होती है वो 24 घंटे पैंसठ दिन ये दोनों के लिए कॉमन होता है बुक्स की चॉइस हो सकती है नई एनसीआर पुरानी एनसीआरटी विपिन चंद्रा और जमाम आपको किताबें बताई थी वो हो सकती है कॉमन भी हो सकती है बट चौबीस घंटे इन दोनों के पास हैं अब सवाल है कि ये इन 24 घंटों में अपना आउटपुट मैक्सिमम निकाल पाता है और इसको पता भी नहीं होता कि टाइम मैनेजमेंट बेसिकली क्या होता है इसको लगता है कि केवल कोचिंग में एडमिशन ले लिया फलाना जो है 25-30 नई नई किताबें खरीद ली बीस पच्चीस मैगजीन खरीद लेकर आया और इससे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और अपने उन चौबीस घंटों का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाता है और यहां पर क्या होता है वो टाइम मिसमैनेज कर जाता है क्या करता है मिसमैनेज कर जाता है और एग्जाम के समय उसको याद आता अरे यार हमसे ये गलती हो गई और ये जो व्यक्ति होता है डे वन से जानता है कि टाइम ही उसका सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु है अगर हम इस टाइम को मैनेज कर पाते हैं तो मेरे लिए सफलता बहुत आसान होगी आप कहेंगे सर ये सारी बातें मैं जानता हूं ये सारी चीजों के बारे में मुझे नॉलेज है तो आखिर आप क्या नया बताने जा रहे हैं मैं आपको यह बताना